नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अफेयर क्लाउड में तो दोस्तों भारत का प्लान है 110 सौ किलो न्यूटन के फाइटर जेट इंजन को बनाना और भारत इस इंजन का इस्तेमाल एमका फाइटर जेट और तेजस एम के फाइटर जेट में करेगा और ये इंजन नेक्स्ट जनरेशन का इंजन होगा और डीआरडीओ ने यह कह दिया है की कॉन्ट्रेक्ट के तीन से चार सालों बाद इस इंजन की फैसिलिटी शुरू हो जाएगी तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों ये जो एक किलो न्यूटन वाला इंजन डी बना रहा है वह इंजन ब्रिटेन के रोल्स रॉयल इजे टू से ज्यादा पावरफुल इंजन होगा और इतना ही नहीं इस इंजन के तैयार होते ही डीआरडीओ एक 130 तीस किलो न्यूटन का इंजन भी बनाकर तैयार करेगा और अभी हाल ही में एक एनुअल वेबिनार हुआ है और ये वेबिनार गैस टरबाइन इंजन पर आधारित था और इसी वेबिनार में जी यानी की गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और डी ने अपने प्लांट के बारे में खुलासा किया है और इसका मतलब साफ है की भारत एक सौ किलो न्यूटन के इंजन को बनाएगा और डीआरडीओ का मानना है कि इस इंजन का ड्राई थ्रस्ट होगा वह बहत्तर किलो न्यूटन के आसपास का होगा और इसका वेट थ्रस्ट 110 सौ किलो न्यूटन का होगा और आपको बता दूं डीआरडीओ यहीं तक नहीं रुकने वाला डीआरडीओ इस इंजन को डेवलप करने के बाद एक 130 सौ किलो न्यूटन के इंजन को भी बनाएगा और ये 130 सौ किलो न्यूटन वाला इंजन एक सिक्स जनरेशन वाला इंजन होगा और ये इंजन भारत के सिक्स जनरेशन फाइटर जेट फूफा में लगाया जाएगा और आप लोगों को फूफा यानी की फ्यूचुरिस्टिक अनमंड फाइटर एयर क्राफ्ट के बारे में पता ही होगा और जिन्हें भारत के इस फाइटर जेट के बारे में कुछ भी नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से वीडियो को देख सकते हैं और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि डीआरडीओ कानपुर में इस सिक्स जनरेशन फाइटर जेट यानी की फूफा पर कार्य भी स्टार्ट कर चुका है और डी एक मरीन गैस इंजन को भी बनाएगा और इतना ही नहीं इसके अलावा डी आर डी ओ इंजन और टर्बो फैन इंजन और टर्बो पॉप इंजन को भी बनाएगा और टर्बो फाइन इंजन और टर्बो पॉप इंजन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट किया जाएगा और इसके अलावा भारत एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी बनाएगा जैसे की सी एक सौ तीसुलट और इन मिलिट्री एयरक्राफ्ट में किलो के थ्रस्ट वाले इंजन को लगाया जाएगा। और आपको बता दो सौ दस किलो न्यूटर वाला इंजन ब्रिटेन के रोल्स रॉयल के ई जे टू हंड्रेड ऐसी ज्यादा बढ़िया है और ब्रिटेन इस इंजन का इस्तेमाल अपने फाइटर टाइफून में भी करता है जो लगभग राफेल के बराबर का फाइटर जेट माना जाता है और इसी प्रोजेक्ट के लिए अट्ठाईस एकड़ जमीन को भी सेंशन किया गया है और इसी अट्ठाईस एकड़ जमीन में एक नई फैसिलिटी का भी निर्माण किया जाएगा जो इस इंजन के टेस्ट में इस्तेमाल होगी और डीआरडीओ ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के तीन से चार सालों में यह फैसिलिटी स्टार्ट होगी और जो भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर होगा इस इंजन के निर्माण में उसके साथ इस फैसिलिटी में कार्य भी शुरू किया जाएगा और अब आप लोग सोच रहे होंगे की भारत के कावेरी इंजन आरोप भी कार्य चल रहा था तो उसका क्या हुआ तो आप को बता दूं कि कावेरी इंजन पर टेस्टिंग चल रही है और कावेरी इंजन में जितनी भी खामियां थी सभी को सुधार लिया गया है और इस कावेरी इंजन की एल्टीट्यूड टेस्टिंग रसिया के अंदर जल्द ही की जाएगी और इसके अलावा इसका फ्लाइंग टेस्ट बैट के रूप में भी ट्रायल किया जाएगा और इसी साल कावेरी इंजन का टेस्ट आई एयरक्राफ्ट के ऊपर किया जाएगा और कावेरी इंजन पहले के मुकाबले बेहतर बन चुका है और यह फ्लाइंग टेस्ट में भी कामयाब हो जाएगा और जैसे ही यह कावेरी इंजन इस फ्लाइंग टेस्ट में कामयाब हो जाएगा उसके बाद भारत इसका इस्तेमाल और यूसीएबी में करने लगेगा अब आप लोगों का क्या कहना है भारत कावेरी इंजन पर कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं सभी वीडियोस आप तक पहुंचे धन्यवाद